हम अपने छोटे बिजनेस को कैसे प्रमोशन करें और एक्सपान करें ग्लोबली बहुत सारे लोग कहते हैं कि अमेज़ॉन फ्लिपकार्ड और भी जो बड़े प्लेटफॉर्म्स है ये लोग पूरा मार्केट में लिए हुए हैं और छोटे बिजनेस के लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है एक्सेट्रा एक्सेट्रा बिजनेस कैसे करें आज हम शेयर करने जा रहे हैं ऐसा एक बिजनेस प्रमोशन टिप्स जिससे आप आसानी से आपका छोटे बिजनेस को ग्लोबली एक्सपांड कर सकते हो वेलकम फ्रेंड्स मेरा नाम है प्रशांता देव और आप देख रहे हैं प्रशांता स्टार्टअप सो so, फोकस में रहिए बिजनेस प्रमोशन डेफिनेशन बिजनेस प्रमोशन क्या है बिजनेस प्रमोशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा आपके प्रोडक्ट्स और सर्विस को कस्टमर के नज़र में लाने का एक प्रयास इसको आप बिजनेस मार्केटिंग भी बोल सकते हो अगर आपके पास कुछ अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट्स है और कस्टमर को ये पता नहीं है तो इसका फायदा क्या इसके लिए बिजनेस प्रमोशन एक्ट बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है एनालिसिस के बाद पता चला है इंडिया में मैक्सिमम जो छोटे बिजनेसिस है, या स्मॉल स्केल बिजनेस है अपने बिजनेस प्रमोशन के लिए कुछ भी बजट नहीं रखता और खर्च ही नहीं करता तो ये कैसे चलेगा बिजनेस मार्केटिंग और बिजनेस प्रमोशन एक इम्पोर्टेंट पार्ट है आपको ये ध्यान में रखना है आप ये बड़े प्लेटफॉर्म जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट इसका आकार को ना देख के उनका जो बड़ा रीच है उसको आप यूज कर सकते हो अपने बिजनेस प्रमोशन के लिए देखिए अमेजन और फ्लिपकार्ट ये लोग खुद का सामान नहीं बनाता ये दूसरे लोगों का सामान सेल करता है यदि आप एक क्रिएटर हो और आपके प्रोडक्ट्स का बेस्ट क्वालिटी है तो आप अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स को यूनिक शेप दे सकते हो और अपने बिजनेस का एक बैंड बना सकते हो और आप उनके प्लेटफॉर्म को ही यूज़ कर सकते हो और सेल कर सकते हो बिजनेस का एक बेसिक रूल्स हम पकड़ के चलेंगे अपने कस्टमर के नीड को वैल्यू देना है और हम स्पेसिफिक टारगेट मार्केट को फोकस करेंगे और मास्टर बन जाएंगे देखिए हम ये जानते हैं स्मॉल बिजनेस हमेशा लाइट मॉडल होते हैं और इसका बिजनेस रिस्क भी बहुत कम होते हैं दूसरे बड़े बिजनेस को कंपेयर करेंगे तो।, तो इसका मतलब है स्मॉल बिजनेस मॉडल में लाभ ज्यादा है चलिए जानते हैं कुछ स्मार्ट बिजनेस प्रमोशन आइडियाज और स्ट्रेटेजी के बारे में सबसे पहले आपका टारगेट मार्केट सेगमेंट्स क्लियर होना चाहिए और लेटेस्ट डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे डिजिटल मार्केटिंग के लिए हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म में आना है इसके लिए चाहिए एक नंबर में वेबसाइट आपका एक वेबसाइट चाहिए सिंपल एक वेबसाइट जिसमें आपका प्रोडक्ट्स और सर्विस डिटेल्स प्राइस स्ट्रेटेजी बिजनेस पॉलिसी डिलीवरी डिटेल्स प्रोडक्ट्स इमेजेस, वीडियो प्रेजेंटेशन कॉन्टैक्ट और इंस्टेंट डिस्कस करने के लिए चैटिंग सिस्टम आपका लोकल बिजनेस रजिस्ट्रेशन लाइसेंस और कस्टमर फीडबैक और इसके लिए कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है वेबसाइट डिजाइन के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से टॉप फ्रीलेंस वेब डेवलपर को हायर कर सकते हैं एफोर्डेबल प्राइस में ये आपका एक ऑनलाइन दुकान है ग्लोबल मार्केट रीच के लिए आपका फिजिकल दुकान 24 फोर आवर्स खुला नहीं रख सकते अकेले बट ये ऑनलाइन दुकान एक बार रेडी हो जाएगा तो ट्वेंटी फोर आवर्स ओपन रहेगा और आपके कस्टमर रीच को इंक्रीज करेगा दो नंबर में बिजनेस प्रोमोशन कॉन्टेंट डिजिटल बिजनेस प्रमोशन के लिए आपको डिजिटल बिजनेस प्रमोशन कॉन्टेंट बिजनेस प्रेजेंटेशन का पीडीएफ फाइल आपका ब्रांड प्रेजेंटेशन वीडियो, आपका प्रोडक्ट्स और सर्विस कैटलॉग रेडी कीजिए तीन नंबर में गूगल माय बिजनेस आप जानते होंगे गूगल वर्ल्ड का नंबर वन सर्च इंजन है जहां पे लोग आंसर ढूंढते हैं किसी को प्रोडक्ट्स चाहिए और किसी को प्रोडक्ट्स सप्लाई करना है गूगल ने एक फी प्लेटफॉर्म दिया है लोकल बिजनेस लिस्टिंग के लिए जहाँ पर आप आपके बिजनेस के प्रोफाइल को बना सकते हो और सबमिट कर सकते हैं फी में जिसमें कस्टमर जब ढूंढेगा आपके प्रोडक्ट्स को तो यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स उनको मिल जाएगा गूगल माई बिजनेस में आपका बिजनेस लोकेशन और मैप सेटिंग भी कर सकते हैं नंबर में सोशल मीडिया मार्केटिंग सोशल मीडिया मार्केटिंग एक पावरफुल प्लेटफॉर्म है अभी डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक लिंक इन इंस्टाग्राम प्रिंटरेस्ट और भी बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, जहाँ पे आप एक बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं और आपका लेटेस्ट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का पोस्ट कर सकते हैं कौन सा सोशल मीडिया आपके लिए सही होगा जानने के लिए आप हमारे पुराने वीडियो को एक बार देख लीजिए इसका पेड प्रमोशन मेथड भी है आप कर सकते हो और स्पेसिफिक लोकेशन के लिए आपका ब्रांड का प्रमोशन भी कर सकते हो अगर आपको पेड प्रमोशन हेल्प चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट पावरलाइन के साथ या हमारे सोशल मीडिया लिंक के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं पांच नंबर में क्रॉस ब्रांड प्रमोशन। क्रॉस ब्रांड प्रमोशन एक इफेक्टिव फॉर्मूला है आप किसी बिजनेस के साथ आपका ब्रांड का प्रमोशन कर सकते हैं जैसे एयरलाइंस बिजनेस कंपनी होटल के साथ करते हैं कोका कोला कंपनी मैकडोनल्ड के साथ करते हैं नाइकी कंपनी अपेल के साथ करते हैं आप बैनर एड्स शेयर कर सकते हो आप वीडियो एड्स शेयर कर सकते हो रिलेटेड बिजनेस ब्रांड के साथ जो कॉम्पिटिटिव ना हो छः नंबर में ईमेल मार्केटिंग ईमेल मार्केटिंग पुराना एक मेथड है लेकिन अभी भी इफेक्टिव है आपके कस्टमर बेस को ईमेल से लेटेस्ट अपडेट आप दे सकते हो सात नंबर में इंटरनेशनल बिजनेस डायरेक्टरी लिस्टिंग कुछ चुने हुए ग्लोबल बिजनेस लिस्टिंग डायरेक्टोरेट में अपना बिजनेस लिस्टिंग कर सकते हो इवन इंटरनेशनल बिजनेस प्रमोशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत सारे स्कीम्स है जिससे आप बेनिफिट ले सकते हो अगर आपको जानना है बेस्ट ग्लोबल बिजनेस लिस्टिंग वेबसाइट्स के बारे में जिसमें आप फ्री में लिस्टिंग कर सकते हो इसके लिए आप कमेंट कीजिए प्लीज स्मॉल बिजनेस एक्सपेंशन स्ट्रेटजी। स्मॉल बिजनेस एक्सपेंशन स्ट्रेटजी के लिए स्टेप बाय स्टेप बिजनेस एक्सपेंशन फार्मूला को यूज करेंगे ये बहुत सक्सेसफुल और इफेक्टिव फार्मूला है एडिशनली आप व्हाट्सएप फेसबुक लिंक्डइन में कम्युनिटी ग्रुप बना सकते हो और अपने सही कस्टमर तक पहुँच सकते हो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत बुरी है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए रहिए फिट और कुछ कीजिए सुपर हिट थैंक यू नमस्ते